नमस्कार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे 12 सितंबर दिन गुरुवार मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या कुछ नया लेकर के आया है क्या क्या घटनाएं मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के साथ आज घटित होंगी आज के दिन को आप लोग कैसे प्रभावी बनाएँ आपके लिए लकी कलर क्या है शुभ अंक आपका क्या रहेगा आपके लिए शुभ दिशा क्या रहेगी इन सभी विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे पंचांग क्या कहता है इस पर भी दृष्टि डालेंगे लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले बताना चाहेंगे कि चौदह और पंद्रह सितंबर को दिल्ली में रहेंगे तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी दिल्ली से हैं तो आप लोग हमसे मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं हमारा प्रस्तुत राशिफल जो प्रस्तुत होने अब जा रहा है यह चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशी ग्रामीण ग्रह युद्ध सेवायाशि प्रधान जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रा गोचरे, जन्म राशि प्रधानमंत्री नाम राशि न चिंतित यही कहता है कि चंद्र राशि की राशि फल में ही प्रधानता देनी चाहिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए सूर्योदय होगा आज प्रातः पांच पर सूर्यास्त होगा शाम को आज छह बजकर ग्यारह मिनट पर बारह सितंबर दिन बृहस्पतिवार उन्नीस सौ इकतालीस और परिधावी शुक्ल पक्ष रहेगी चतुर्दशी तिथि है दर्शकों अच्छा, तो को दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि दही का सेवन करिएगा और अपने पॉकेट में एक गाठ वाली हल्दी रख लीजिएगा और दक्षिण दिशा में जाने से पूर्व आप पहले उत्तर दिशा की ओर चार पद चलिए तदउपरांत आप दक्षिण दिशा की ओर यदि जाते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होंगे राहु काल की बात कर लेते हैं एक ऐसा काल एक ऐसा समय एक ऐसा पीरियड की दौरान शुभ कार्यों को नहीं करना है तो दोपहर एक बजकर पैंतीस मिनट से तीन बजकर सात मिनट का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा आज पूरे दिन पंचक रहेगा जी हाँ ये भी बताना आप लोगों को बहुत जरूरी था यदि शुभ कार्यों को आपको करना होगा तो अभिजीत मुहूर्त में करिएगा ग्यारह कर मिनट से सुबह बारह मिनट तक का जो समय रहेगा ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा एक टाइम आपको और बता देते हैं दो बजकर पाँच मिनट से दो बज पचपन मिनट तक का विजय मुहूर्त रहेगा इसमें भी आप लोग शुभ कार्यो को कर सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों जो आज सूर्य राशि रहेगी ये सिंह रहेगी और चंद्र राशि जो रहेगी कुंभ रहेगी चंद्रदेव कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे नक्षत्र जो देखिए दर्शकों रहेगा क्योंकि पंचांग पांच अंकों से मिलकर के बना होता है तिथि वार नक्षत्र योग करण तो धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा अः शाम को चार बजकर उनसठ मिनट तक कि इसके उपरांत छत राहू का नक्षत्र लग जाएगा तिथि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है और योग रहेगा सुकर्मा इसके उपरांत द्वितीय योग रहेगा दर्शकों जो करण रहेगा तो गर् करण रहेगा छः बजकर इक्कीस मिनट तक की शाम को और उसके उपरांत पूरी रात वरिष्ठ करण रहेगा तो ये तो था दर्शकों हमारा पंचांग पांच अंगों से जो मिल कर के बना होता है अब इसके बाद हम चलते हैं राशिफल की ओर कि आज का राशिफल क्या कुछ नया ले करके आया है मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए दर्शकों एक अपील करेंगे कि अगर आप हमारे नए जो है विवर हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइए ताकि हमारी सारी जो वीडियो है ये बिना किसी बाधा के बिना किसी जो है रोक टोक के आप तक पहुँचती रहे तो मेष राशि के जातकों आज जजमेंट का दिन है जो लोग न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ये आज कोई बहुत बड़ा डिसीजन दे सकते हैं आज आ, समय आपके साथ रहेगा आप जो भी सोचेंगे आपके कार्य पूरे होंगे आज आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा से आप लोग भरे रहेंगे और आसानी से उन समस्याओं के समाधान पा सकते हैं जिनके बारे में अन्य लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था हर कोई आपकी समझ और परिपक्वता के स्तर से प्रभावित रहेगा वहीं करियर की बात करें तो कार्य क्षेत्र पर माहौल आपके अनुकूल रहेगा आज आपके समर्पण और सहयोग की भावना को सराहना मिलेगी आज जीवन साथी के साथ कुछ वक्त आप बिता सकते हैं बाहर जा सकते हैं रिश्तों के लिए फिल कुल मिलाकर के ये चीज अच्छी रहने वाली है हेल्थ की भी वहीं यदि हम बात करें तो आज आपकी जो है पीठ में और मांसपेशियों में कुछ खिंचाव हो सकता है वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो दिन आपका अच्छा बीतेगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप करिए शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर वृषभ राशि तो वृषभ राशि के जात को आज आप लोग अपने दोस्तों और परिवार को ज्यादा वक्त देते हुए नजर आएंगे आज सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रहेगा आज आपके डिसीजन मेकिंग रहेंगे आज आप लोग उन डिसीजन मेकिंग को लेंगे जो भविष्य में आपके लिए दूरगामी परिणाम सिद्ध करें निर्णय लेने की क्षमताओं पर ध्यान दीजिएगा आज आपको ऑफिस में कार्यक्षेत्र में बॉस का आपको अच्छा साथ मिलेगा आज जो है उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे कैरियर की यदि हम और भी बात करें तो सहकर्मियों के अपने भरोसे में मत रहिएगा कोई बहुत बड़ा जो निर्णय लेना होगा ये आप अपनी योग्यता के बल पर ले सकते हैं वहीं लव की बात करें और वैवाहिक सुखमय की बात करें तो परिवार और बहुत करीबी दोस्तों के लिए आज का दिन अद्भुत होगा कोई नए प्रेम संबंध आज स्थापित हो सकते हैं जो कि भविष्य में विवाह के बंधन में प्रलित हों वहीं हेल्थ की बात तो आपके स्वास्थ्य के साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती कलर रहेगा व्हाइट आपके लिए शुभ रहे अंक रहेगा छु दिशा रहेगी पूर्व दिशा मिथुन राशि के जातको कैसा रहेगा आज का दिन तो दोस्तों के साथ आज जो है मौन मस्ती भरा दिन रहने वाला है आज आप अपने जो है पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नजर आएंगे किसी रोमांचक यात्रा पर आज आप जा सकते हैं खुद को चार्ज आज करने के लिए योग का प्राणायाम का सहारा लीजिए वहीं कैरियर की बात करें तो आज आपको अपने प्रयासों को साबित करने के लिए संघर्ष थोड़ा सा करना पड़ेगा अपने सहयोगी और आपके जो सहयोगी हैं ये आज कुछ आप पर काम का एक्स्ट्रा बोझ डाल सकते हैं कुछ आपके ऊपर टेंशन भी दे सकते हैं वहीं लव लाइफ की आपके बात करें तो जीवन साथी के साथ आज आपका समय अच्छा बीतेगा रिश्तों में कुछ नयापन महसूस कर जो है करते हुए नजर आएंगे हाथ पैर के मांसपेशियों में खिंचावट हो सकती है आज जिम ना जाएं तो बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज के दिन प्रयास करिए नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान करिए और पीले वस्त्र का आज, आज आप प्रयोग कर सकते हैं पीला रंग ही आपके लिए शुभ रहेगा तीन अंक आपके लिए शुभ अंक रहेगा शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम वहीं कर्क राशि के जातकों कैसा रहेगा आज का दिन तो आज आप अपने अंदर असुरक्षा की भावना महसूस कर सकते हैं आज आपका चित्त चित्त मतलब होता है मन स्थिर नहीं रहेगा कोई टेंशन कोई बेचैनी आज आपको अंदर ही अंदर महसूस होगी कोई घुटन महसूस होगी लेकिन आज, आज आप समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों होगा आज आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे और करियर में थोड़ा सा तनाव रहेगा कुछ अस्थिरता का माहौल भी आपके करियर में बनता हुआ नजर आएगा कार्य क्षेत्र में आज, आज, आज आपके विरोधी आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहेंगे वहीं यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो मिला जुला समय रहने वाला है प्रेमियों के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है कुछ गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है वहीं कोशिश कीजिएगा कि ठंडे चीजों से दूर रहिएगा ठंडे भोजन से दूर रहिएगा मौसमी जो बुखार होते हैं इनकी गिरफ्त में आप आ सकते हैं ठंडा पानी बिल्कुल भूल से भी नहीं पीना है उपाय के तौर पर आज सूर्यदेव को आपको अर्घ्य देना रहेगा और आदित्य हृदय स्रोत का तीन बार पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा वहीं सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं क्या कुछ कहता है आज का दिन तो सिंह राशि के जातकों जिस तरक्की के लिए आज आप तरस रहे थे आज आप उस चीज को पाने के लिए एक योजना बनाएंगे किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहिए जो आपको लीड कर रहा हो और दोस्त की तरह आपके साथ व्यवहार कर रहा हो लेकिन वो आपके साथ आप धोखा कर सकता है कैरियर के मामले में आज आप अपने दिल की सुनिएगा अपने आप को मजबूत रखिए कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां आपके सामने आज आ सकती है वहीं लव संबंधों की प्रेम प्रसंगों की बात करें तो रिश्तों के मामले में आज निरतर आत्मा की आवाज़ आपके लिए बेहतर रहेगी सुनना अपने निकट के लोगों को आज आपको समय देना होगा और उनकी बातें आपको सुनना पड़ेगा आज आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन दही का सेवन आप लोग अधिक से अधिक करिए तो आपके अंदर एक पॉजिटिव बाइप जिसको सकारात्मक ऊर्जा भी बोलते हैं ये आपके अंदर बनेगी वहाँ सावधानी पूर्वक चलाइएगा आज आपको उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सबसे पहले दही का सेवन करिए दूसरा विष्णु सहस नाम का आप या तो पाठ करिए या तो यूट्यूब में लगा करके आप सुनिए उसको शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा कन्या राशि के को क्या कुछ कहता है कोई व्यक्ति आपके सामने अपने व्यवहार की सारी सीमाएं पार कर सकता है जिससे आज आप अपना धैर्य खो सकते हैं वही कार्य क्षेत्र में कुछ नई चुनौतियां आज आपका सामना करती हुई दिखाई पड़ रही है आपको अपनी कार्यकुशलता से उन्हें संभालना होगा और प्रेम प्रसंगों की यदि हम बात करें तो आक्रामक हुए बिना शब्दों का उपयोग करें तो ठीक रहेगा कठोर बातों से रिश्ते बिगाड़ सकते हैं रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर न जुड़े जुड़ेगा गाँठ पड़ जाए तो ये आपको ध्यान रखना है एक बार यदि ये रिश्ता टूट गया तो फिर उसमें गाँट पड़ने तय है हेल्थ की बात करें तो कोशिश कीजिएगा जंक फूड से दूर रहिएगा सादा भोजन ही करिए पेट से संबंधित कोई समस्या होने के योग हैं उपाय के तौर पर क्या करना रहेगा तो आज गुरु के चरण स्पर्श करिए और कोशिश कीजिए किसी ब्राह्मण को यज्ञो पवित्र का दान जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है तुला कैसा रहेगा आज का दिन तो तुला राशि के जात दोस्तों के साथ आज आप कहीं लंबी ट्रिप पर बाहर जा सकते हैं आज ज़्यादातर समय मौज मस्ती में बीतेगा क्योंकि आज दोस्ती के बंधन को आज आप सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे दोस्ती का बंधन आज मजबूत होगा आप सफलताओं का जश्न मनाएंगे आज कैरियर में सारे काम आपके आसानी से होंगे कोई तनाव मत लीजिएगा आज कोई नई जॉब का आपको ऑफर भी आ सकता है काम का बोझ अधिक ना बढ़ाइएगा किसी खास के साथ आज, आज आप बाहर जा सकते हैं और प्रेम संबंधों के लिए आज का समय अनुकूल रहने वाला है वहीं आज आपके विरोधी भी आपके कार्य के कायल होंगे आज आप जो कार्य करेंगे आपके विरोधी उसकी प्रशंसा करेंगे उच्च अधिकारियों का आज आपको साथ मिलेगा हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से नकारात्मक समय है सावधान रहिएगा वाहन इत्यादि बहुत संभाल कर चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए कि आज के दिन विष्णु सहस नाम का आप लोग पाठ करिए पहली चीज दूसरी बात कि आज केसर का सेवन यदि आप अधिक से अधिक कर सकते हैं केसर का तिलक मत तक और नाभी पर लगा सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अच्छे और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा तो क्या कुछ कहता है वृश्चिक राशि के जातकों के सितारे तो वृश्चिक राशि के जातकों आज आप अपने रास्ते में आने वाली सभी छोटी बड़ी बाधाओं और परेशानियों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं आज आप अड़चनों से बचते हुए नजर आ रहे हैं आज आप बहुत कड़ी मेहनत करेंगे आज कोई काम यदि आज, आज आप करते हैं तो उसको कल पर मटा लिएगा वो कहा है ना कबीरदास जी ने काल करे सो आज करे आज करे सो अब पल में पल होएगी बहुरी करोगे कब तो कोई भी काम को कल पर मत जो है टालिए मजबूती के साथ आप अपने कार्य को आगे करिए कोई नई जॉब आज आपका इंतजार कर रही है आज आपके पेशेंस को आपके कार्य क्षेत्र में आजमाया जा सकता है जीवन साथी के साथ संबंधों की बात करें तो आज परिपक्वता भरा दिन रहने वाला है समझदारी के साथ अपने जीवन साथी की भावनाओं को आज आप ट्रैक करते हुए नजर आएंगे कुछ बीमारी आपको आज कोई हो सकती है कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है मौसमी बुखार आपको हो सकता है तो सेहत के लिए आज का दिन नुकसानदायक रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ओम जूम सह मंत्र है इसकी एक माला का रुद्राक्ष की माला से जाप करिए स्नान करने के जल में हल्दी डाल करके स्नान करिए शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ कलर आपके लिए वाइट और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण पश्चिम सेजिटेजियस धनुराशि तो धनुराशि के जातको आज कोर्ट कचहरी के, के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही आज आपका धन बहुत अधिक खर्च होगा वहीं सोर्स ऑफ इनकम आज आपकी एक से ज़्यादा रहेगी आज अपने आप को नियंत्रित रखिएगा और भविष्य में जो योजनाएं बना रहे हैं उनको लेकर के कुछ सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं कैरियर की बात करें तो आप अपने जो है आज के दिन अपने अंदर अहम मत लाइएगा आज उच्च अधिकारी या बड़े अधिकारी जो आपके हैं आपके योजनाओं की और कार्यों की निगरानी करते हुए नज़र आएंगे वहीं आपके प्रेम प्रसंगों की बात करें तो परिवार के साथ आपका रिश्ता गर्मजोशी और सहानुभूति भरा आज का दिन रहने वाला है आपने अपने रिश्ते पर कड़ी मेहनत की है तो उसका परिणाम आपको मिलेगा आज घर परिवार में कोई नए मेहमान का आगमन दिखता हुआ बन रहा है वहीं आज आपको घुटनों और हड्डियों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी क्योंकि घुटनों से रिलेटेड मांसपेशियों और हड्डियों से रिलेटेड कोई दर्द आपको होता हुआ नजर आएगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो पीपल के वृक्ष पर जल में थोड़ा सा गुड़ चने की दाल और हल्दी डालकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अर्पण करें आपका दिन चुप जाएगा शुभ आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर मकर राशि के जातको कैसा रहेगा आज का दिन तो मुका जो है आज का दिन दूर स्थानों से मिलने वाली खबरें संभवतः आज, आज आपके अनुकूल नहीं रहेगी विदेशों से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है आपको आज अपनी स्थिति को पुख्ता करने और सुरक्षित करने की आवश्यकता महसूस होती हुई दिखाई पड़ रही खाने पीने की चीज़ों की यदि आप जाँच कर लेते हैं तो ठीक है अन्यथा फूड पॉइजनिंग आज आपको हो सकती है कोई भी चीज़ का सेवन करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि शुद्धता के साथ बना है कि नहीं बना है अन्यथा अपज वगैरह और पेट वगैरह आपकी दिक्कत आ सकते हैं कैरियर की बात करें तो कोई कंफ्यूजन ऑफिस के माहौल को आपको बिगाड़ सकता है आज आप ऑफिस में किसी गलत फहमी के शिकार होते हुए नजर आएंगे आज उच्चाधिकारी आपसे किस चीज़ की एक्सपेक्ट कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं इसको आप जांच परखें वहीं प्रेम प्रसंगों की यदि हम बात करें तो रिश्तों में थोड़े नएपन की आवश्यकता होगी अपने रिश्तों में थोड़ी सी ऊर्जा का आज आपको संचार करना पड़ेगा वहीं यदि हेल्थ की बात करें तो हमने आपको बताया कि फूड पॉइनिंग हो गई डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं का आज सामना करना पड़ेगा खान का ध्यान रखिए कोशिश कीजिए कि आज के दिन नमक को एवॉइड करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण एक्वायर्स कुंभ राशि कैसा रहेगा आज के लिए आपका राशिफल तो देखिए आज करीबी दोस्तों के साथ छोटी यात्राओं पर जाने का योग बनेगा कुछ बातों में सावधानी रखनी पड़ेगी कि किसी भी मामले में अपने आप को पूरी तरह शामिल करने से पहले सोच विचार ले बेवजह बातें आज आपकी इमेज को नुकसान पहुँचा सकती हैं आज कार्यक्षेत्र पर प्रमोशन या आपको जो है पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है आप केवल एक ही चीज का चयन कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि समझदारी के साथ उन चीज़ों का चयन करिएगा जो आपके लिए बेहतर रहेगा अपने प्रोफेशन में अपने कैरियर में राजनीति को अभी मत लाइए हमारी पर्सनल आपको यही सलाह रहेगी वहीं उच्चाधिकारी आज, आज आपको कोई नया टास्क देते हुए नजर आएंगे वहीं प्रेम संबंधों की बात करें तो दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ आज, आज आपकी खुशियाँ बटेंगी घर में कोई मांगलिक उत्सव का आयोजन हो सकता है परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन भी संभव है हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आज आपकी ठीक रहेगी थोड़ी बहुत थका जो है थकान और तनाव के बाद आज आप ऊर्जा महसूस करते हुए नजर आएंगे। आपके लिए शुभ शुभ कलर जो रहेगा, ये रहेगा ये नीला। अंक तो अधिक अधिक करिए अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों यदि चौदह और पंद्रह सितंबर को दिल्ली में मिलना चाहते हैं सब कुछ ठीक रहा तो आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं मीन राशि क्योंकि आज का दिन जो रहेगा बहुत ज़्यादा हलचल से जो है भरा हुआ रहेगा आज किसी यात्राओं पर छोटी दूरी की यात्राओं पर आप निकल सकते हैं विदेश में रहने वाले मेहमानों का आगमन आपके घर पर हो सकता है आपके घर में कोई पार्टी या कोई जो है कार्यक्रम आयोजन हो सकता है और बड़ा खुशनुमा माहौल रहेगा कैरियर की बात करें तो आज काम का बोझ आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा हर तरह से आज आपको आसपास वाले लोगों का सपोर्ट प्राप्त होगा कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आज जो है आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है यदि आप जुडिशरी से जुड़े हैं तो किसी केस में आपको विजय प्राप्त होती हुई नज़र आएगी प्रेम संबंधों की बात करें तो कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो आज आपके दिल के बड़े करीब हैं किसी पुराने मित्र अचानक से आज आ सकते हैं रिश्तों के लिए समय अच्छा रहेगा हेल्थ की बात करें तो अपने काम या ऑफिस में ऑफिस में तनाव को पीछे रखिएगा सेहत के लिए ठीक ठाक दिन रहेगा लेकिन तनाव लेते हुए आज, आज आप नज़र आएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि बेसन के लड्डू आज आप काय को जरूर खिलाइए और आपको पुरुष सुख का पाठ करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा सैफ्रॉन शुभ अंक आपके लिए रहेगा साथ माफ करिएगा और आज जो है आपके लिए जो शुभ दिशा रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा पश्चिम दिशा में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपके कार्य बनेंगे तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए 12 सितंबर का राशिफल दिन गुरुवार था कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और दर्शकों प्लीज़ हमारे इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है तो आप लोग लाइक कीजिए बगल में बना सब्सक्राइब जो बटन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेलाइकन जरूर दबाइए मिलते हैं अपने नए प्रोग्राम में दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार